मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिनांक 15 दिसंबर के रविवार के दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है नक्षत्रों के गोचर के आधार पर आधारित है तो दर्शकों आज का पंचांग क्या कहता है इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं विक्रम संबत्त दो हजार छिहत्तर सख संबत्त नामक संवत्सर चल रहा है पौष मास है और सूर्योदय होगा आज प्रातः छह पर सूर्यास्त होगा शाम को पांच पर तिथि दर्शकों जो रहेगी ये तृतीय तिथि देखिए रहेगी सुबह सात बजकर अठारह मिनट तक की इसके उपरांत चतुर्थी तिथि लग जाएगी तृतीय तिथि के बारे में ब्रह्मा पुराण में लिखा हुआ है कि तृतीय तिथि को परवर का सेवन नहीं करना चाहिए इससे शत्रुओं की वृद्धि होती है तथा तो चतुर्थी तिथि के दिन मूली का सेवन या सफ़ेद तिल का सेवन नहीं करना चाहिए इससे धन का नाश होता है तो आप लोगों को सावधानी रखनी है कि आज किसी भी प्रकार से चाहे आप सलाद के रूप में मूली ले रहे हो या आप लोग तिल के लड्डू खा रहे हो तो इनसे आपको विशेष रूप से आज सावधानी रखनी रहे रहेगी नक्षत्र रहेगा पुष्य और करल रहेगा आज वृष्टि उसके बाद वर्ण और अंतिम करण जो रहेगा ये ये रहेगा योग रहेगा रहेगा योग योग ब्रह्म इसके उपरांत इंद्र दर्शकों आप लोग सोच येगा होंगे करण क्या है योग क्या है तो पंचांग जो होता है दर्शकों ये पांच अंगों को मानक मान करके बनाया जाता है पंचांग के ये पांच अंग हैं तिथि वार नक्षत्र योग करण यदि इनमें से किसी भी एक अंग की कमी रह जाती है तो पंचांग पूर्ण नहीं होता है योग पर आ जाते हैं तो ब्रह्म और इंद्र योग आज रहेगा और आज चलते हैं राहु काल की ओर क्योंकि संडे दिन रहेगा तो दोपहर तीन बजकर तिरपन मिनट से लेकर के पांच बजकर ग्यारह मिनट तक का जो समय रहेगा ये राहु काल का रहेगा इसमें शुभ कार्यों को करना वर्जित माना जाता है यदि आपको शुभ कार्यों को आज करना होगा तो अभिजीत मुहूर्त में करिएगा सुबह ग्यारह बजकर चालीस मिनट से बारह बजकर इक्कीस मिनट का जो समय रहेगा अभिजीत मुहूर्त का रहेगा इस मुहूर्त में किए गए कार्य सिद्ध होते हैं ऐसा शास्त्रों में लिखा है चंद्रदेव आज कर्क कर राशि में चलायमान है अपनी खुद की राशि में चलायमान कर रहे हैं सूर्य देव वृश्चिक राशि में दर्शकों रविवार दिन हो हो और की की की बात ना करे। ऐसा कहा हो सकता है तो पश्चिम दिशा की आज दिशा शूल रहेगा। पश्चिम दिशा दिशा ओर ओर रहेगा आज यात्रा करने से बचिएगा लेकिन यदि किसी कारणवश यात्रा करनी पड़ जाए तो कोशिश कीजिएगा पान का सेवन आप कर सकते हैं दूसरा आप घी का सेवन कर सकते हैं तीसरा गुड़ का सेवन आप कर सकते हैं मसूर का सेवन करके आप यात्रा कर सकते हैं आ, आप थोड़े से जो गेहूँ होती है गेहूँ की बाली होती है उसको भी मुँह में डाल करके आप लोग यात्राओं पर निकल सकते हैं तमाम ऐसे उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं और पहले डायरेक्ट वेस्ट डायरेक्शन की ओर ना जाकर करके आपको ईस्ट डायरेक्शन की ओर पूर्व दिशा की ओर चार से छः पग चलने रहेंगे इसके बाद आपको पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान करना होगा तो दर्शकों देखिए ये तो था हमारा पंचांग आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारा ये जो क्रांतिकारी राशिफल चल रहा है इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सभी लोगों तक पहुंचाइए और आपके शहर जयपुर में इक्कीस व बाईस दिसंबर का हमारा आगमन हो रहा है तो आप लोग अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं तथा सत्ताईस व तारीख को दिल्ली आगमन हो रहा है तो जो भी दर्शक जयपुर से हैं या दिल्ली से हैं आप लोग मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं चलते हैं आज के राशिफल पर मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का क्या कुछ रहेगा हाल क्या कहते हैं तारे और सितारे तो हमारी राशिफल की पहली राशि आती है ये आती है एरीज अर्थात मेष राशि जो तो तो मेष राशि के जात को परिवार के इलाज से जुड़े खर्चों में आज इजाफे को नकारा नहीं जा सकता है आज आपका धन आपके परिवार में किसी वयो व्यक्ति के ऊपर लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है जो बीमार हैं जो लोग दूध से जुड़ा हुआ व्यापार धंधा करते हैं आज उन्हें प्रबल धन लाभ होने की संभावना रहेगी अगर आज आप अपने साथी को नजरअंदाज करेंगे तो आप लोगों का ढिशुम ढिशुम अर्थात झगड़ा होना तय है तो जीवन साथी को किसी भी प्रकार से नाराज मत करिएगा अन्यथा उनके कोप का भंजन होना पड़ेगा वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाने के सितारे सलाह दे रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज सूर्य गायत्री मंत्र का आप लोगों को आज आपको याद रखना चाहिए कि सही कर्म और विचार आज, आज आपके लिए राहत लेकर के आएंगे हालांकि आज आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन आज पैसे आपकी पानी की तरह बहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज आपकी कुछ में रुकावट पैदा होती हुई दिख रही है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन श्री मंत्र का मानसिक जाप करिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छे हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है मिथुन राशि में तो मिथुन राशि के जातकों जो लोग आज फूड बिजनेस से जुड़े हुए हैं या फूड चेन चला रहे हैं उनके लिए कुछ नए रास्ते निकल करके आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज उनको आर्थिक मुनाफा होता हुआ दिख रहा है मुमकिन है कि परिवार वाले आज, आज आपकी उम्मीदों को पूरा ना कर पाएँ इसलिए उनसे बहुत ज़्यादा आज आपको अपेक्षा मत करें तो बेहतर रहेगा चूंकि मिथुन राशि के जातक जो है आज के दिन आपको धन लाभ के मौके मिलेंगे लेकिन पैसा आज आप लोगों को सोच समझ इन्वेस्ट करना पड़ेगा यदि कोई उधार मांगे तो आज आपको धन नहीं देना है उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज सूर्य गायत्री मंत्र का आपको भी पाठ करना रहेगा और भगवान भास्कर को अर्घ देना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है कर्क राशि तो कर्क राशि के जात आज आपको अच्छी चीजों को ग्रहण करने के लिए आपका दिमाग अपने आप को ओपन माइंडेड रखिएगा जितना आज आपने सोचा था आज आपके भाई उससे ज्यादा आपके लिए मददगार साबित होते हुए नजर आ रहे हैं आज आप अपने वादे को पूरा नहीं कर पाएंगे जिसकी वजह से आप, आप आज आज लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है लेकिन यात्राओं पर आज आपके समान में कुछ जो है चोरी इत्यादि का भय दिखा रहा है तो अपने लगेज की आज आप लोगों को खुद रक्षा करनी होगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको कोशिश करना रहेगा दुर्गा जी के 32 नामों का पाठ करिए ग्रह के राजा सिंह अर्थात सूर्य की राशि सिंह राशि क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे देखिए आज आप ही का दिन है तो आज के दिन आपके द्वारा बचाया गया धन आपके बहुत काम आ सकता है और आज आप किसी बड़ी मुश्किल से निकल सकते हैं यदि परेशानी आपके जीवन में घिरी है तो आज का दिन उन परेशानियों से बाहर ले जाने वाला रहेगा अगर आज आप अपने काम पर ध्यान देंगे तो आज आपको कामयाबी और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती हुई दिखाई पड़ रही है अपने पार्टनर के साथ अपनी पत्नी के साथ या अपने पति के साथ आज आप लोग कहीं पर वैकेशन बनाने के लिए बाहर जा सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज कोशिश कीजिएगा तुलसी पत् का सेवन करिए और गाय को आज आपको मसूर की दाल खिला रहेगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा रेड और शुभ अंक आपके लिए रहे कर रखें धन चोरी होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है आपके बच्चे की बीमारी में आपका धन वह होता हुआ दिखाई पड़ रहा है जिसके कारण आज आपका मूड कुछ गड़बड़ रहेगा लेकिन एक बात और रहेगा कन्या राशि के जात को यदि आप लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ कोई कारोबार कर रहे हैं तो उसमें आज आपको प्रत्याशित धन लाभ होगा दूसरा सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कन्या राशि के जात को कि आज के दिन आपके घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है आप पिता बन सकते हैं या आप माता बन सकते हैं बच्चों से आज आपके संबंध मधुर रहेंगे लेकिन स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना पड़ेगा उपाय के तौर पर करना क्या पड़ेगा करना क्या होगा तो आज आपको प्रयास ये करना रहेगा कि भगवान भास्कर को अर्घ दीजिए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए और अपने सामान की आपको हिफाजत करनी रहेगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ग्रीन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छ वही लिब्रा अर्थात तुला राशि देखिए दर्शकों फटाफट आप लोग चैनल को लाइक कीजिए और जय श्री राम का उद्घोष आप लोग जरूर करिए तो तुला राशि के जात को परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ अनबन होने की संभावना रहेगी जिसके कारण आज आपका मूड खराब हो सकता है परीक्षा में अच्छे परिणाम मिलने में कमी रहेगी लेकिन इससे आपके मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए आगे चल करके जो परेशानियां आ रही हैं ये दूर होंगी आज धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन आज पिता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आती हुई तुला राशि के जात को जो है दिखाई पड़ रही है कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आज आपको विजय मिलेगी आपके पक्ष में कोई निर्णय आ सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको प्रयास ये करना रहेगा कि दुर्गा सप्तशती के कीलक कवच अर्गला स्त्रोत का पाठ करिए तथा बाहर निकलने से पूर्व गाय को आज गुड़ और रोटी जरूर आप लोग खिलाइए शुभ रहेगा वाइट शुभ अंक रहेगा आठ स्कॉर्पियो जी हाँ वृश्चिक राशि के जातकों आज आपको अपने पैसे को संचय करने के लिए अपने घर के लोगों से आज, आज आपको बात करने की ज़रूरत है आज अपने घर वालों की सलाह आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मददगार होगी अपने परिवार को आज आप लोगों को पर्याप्त समय देना ही रहेगा जिन लोगों का आज कंपटिशन है एग्जाम है उनके लिए बहुत अच्छा समय आज का रहने वाला है काफ़ी हद तक के उनके पेपर बहुत अच्छे जो है सॉल्व होंगे और आगे चल करके उस पेपर में उत्तीर्ण होने की संभावनाएं भी अधिक रहेंगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन आप लोगों को गुड़ का सेवन करके घर से निकलना रहेगा तथा आज हनुमान जी के जो है बजरंग बाढ़ का आप लोग पाठ करके निकलिए तो बेहतर रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छ दर्शकों जैसा कि आपने थमनील पर देखा है कि परीक्षा पास करें यू चुटकियों में तो आज हम जिन हमारे दर्शकों का एग्जाम है उनको एक हम गुरु मंत्र कह लीजिए या अस्त्र शस्त्र कह लीजिए जो भी आपकी मर्जी हो कह सकते हैं तो आज उनको हम अस्त्र शस्त्र से सुशोभित करके उनको परीक्षा सेंटर में भेजेंगे देखिए जो भी लोग एग्जाम देने आज जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप लोगों को करना क्या रहेगा केसर लेना है गंगा में थोड़ा सा डाल करके केसर का तिलक मस्तक डिब्बा और नाभी पर लगाना है दूसरा दर्शकों इंटरनेट से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा बृहस्पति कवच बृहस्पति कवच आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा या आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं और बृहस्पति कवच का आप लोग पाठ करिए सुबह यदि थोड़ा सा भी आपको समय है तो आज के दिन तीन बार आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए तब जाकर के यदि आप पेपर देने जा रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी देखिए दर्शकों भगवान राम को जब लंका पर चढ़ाई करनी थी और रावण पर विजय प्राप्त करना था तो महर्षि अगस्त ने यह आदित्य हृदय स्रोत भगवान राम को दिया था उनका नाम अगस्त कैसे पड़ा आपको शायद जो है हम जो है पता होगा और अगर नहीं भी पता है तो हम आपको बताए दे रहे हैं देखिए अग मतलब होता है पर्वत तो अग स्तंभति इति अगस्त जो अग अर्थात पर्वत को स्तंभित कर दे तो वो अगस्त है तो विंध्याचल पर्वत को इन्होंने अपने एक पैर के ठोकर से ही स्तंभित कर दिया था तो उनके द्वारा दिया गया हमारे ऋषियों के द्वारा दिया गया ये स्त्रोत है आप लोग पढ़िए और आपको एग्जाम में विजय मिलेगी ही मिलेगी तो धनु राशि के जातकों आज जमीन या किसी प्रॉपर्टी में निवेश करना आज आपके लिए थोड़ा सा घातक हो सकता है सावधानी रखिएगा किसी भी दस्तावेज पर सिग्नेचर करने से पूर्व उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा जितना हो सके आज निवेश करने से बचिए कोई ऐसा रिश्तेदार जो बहुत दूर रहता है आज आपसे संपर्क कर सकता है और वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है आज के दिन यात्राओं पर विशेष सावधानी रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज कोशिश कीजिएगा विष्णु सहस नाम का आप लोग पाठ करिए शुभ कलर रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक वही कैप्रिकॉन मकर राशि के जात को तो जो लोग शेयर में सट्टेबाजी करते हैं उनको आज फायदा हो सकता है अपने अपनी नई परियोजनाओं के लिए अपने माता पिता को विश्वास में लेने का सही समय आ गया है अपने जो है मतलब पार्टनर की ईमानदारी पर आपको शक नहीं करना है आज के दिन अचानक से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपके घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है एग्जाम देने यदि जा रहे हैं तो उसमें आज आपको बहुत अच्छे जो है उम्... जो है उम्मीद से बढ़ मार्क्स आने के जो है ए, सितारे संकेत दे रहे हैं साथ ही साथ दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज कोई नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आपको प्रयास ये करना रहेगा कि दुर्गा जी के 32 नामों का आप पाठ करिए भगवान भास्कर को अर्घ दीजिए और गुड़ खा करके तब क्षेत्र पर निकलिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा सेफ्रॉन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन कुंभ राशि के जातकों काम का बोझ आज कुछ तनाव की वजह बना सकता है आज आपके भाई बहन आपसे आर्थिक मदद मांग सकते हैं और उनकी मदद करके आज खुद आर्थिक दबाव में आ सकते हैं हालांकि स्थिति जल्दी सुधरेगी ऐसे लोगों से दूर रहें जिनकी बुरी आदतें आपके ऊपर असर डाल सकती हैं आज आप लोग नॉन वेज या अल्कोहल का सेवन मत करिएगा अन्यथा बहुत ज़्यादा आप लोगों के ऊपर कष्ट आ सकता है किसी भी ऐसे व्यक्ति से वादा मत करिए जो कि आप पूरा न कर पाए तो Uh, मतलब बेफजूल के वादे करने से आज, आज आपको बचना होगा और बड़बोलापन आज, आज आपको नहीं दिखाना है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज देखिए आपको प्रयास ये करना रहेगा कि गाय को आपको गुड़ खिलाना रहेगा और मसूर की दाल खिलानी रहेगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन शुभ अंक रहेगा आठ अंतिम राशि पर चलते हैं मीन राशि आती है तो मीन राशि के जात को आज आपका दोस्त या आपका मित्र जो कि बहुत ज़्यादा पुराना है आपसे मुलाकात होते हुए दिखाई पड़ रहा है किसी ऐसे अचंभित जगह आज आप लोग मिल सकते हैं जो कि उम्मीद आपने नहीं की होगी आज यात्राओं का योग बन रहा है किसी कंपटीशन के एग्जाम में यदि आज आप जा रहे हैं तो आपका पेपर अच्छा होगा आज पैसे से पैसा आप बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं शाम का समय ज़्यादा अच्छा बीतेगा घर परिवार में आज कोई मांगलिक उत्सव शुभ कार्यक्रम हो सकता है इसके साथ साथ जो मीन राशि के हमारे जातक हैं उच्चाधिकारियों से आज इनके संबंध बड़े मधुर होंगे पूर्व में यदि इनकी कोई फाइल वगैरह है या इनके कोई जरूरी कागजात है जो कि आगे नहीं बढ़ रहे थे ये बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोगों को प्रयास ये करना रहेगा कि आज शनि के किसी मंत्र का आपको जाप करना रहेगा कोई भी एक मंत्र ले लीजिएगा चाहे ओम प्राम प्रीम प्रोम साय नमा चाहे ओम शन और देवीर्भिष्ट आपो पीते सयोर भिष्वंतुना ये मंत्र आप ले सकते हैं या नीलांजन तम भाषम शनिश्चरम किसी भी एक शनि मंत्र को लीजिए और 108 बार आप जाप करिए देखिएगा कि शनिदेव कितना जो है आपको अनुकूल परिणाम देंगे और आज सूर्य के रोशनी में थोड़ी देर चेयर डाल करके आप लोग जरूर बैठे शुभ कलर आपके लिए रहेगा सैफ्रॉन कलर का शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक तो कैसा लगा हमारा ये राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए पुनः नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए दीजिए इजाजत जय श्री राम के उद्घोष के साथ आप सभी को छोड़े जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने भी कमेंट में जय श्री राम जरूर टाइप किया होगा जय जय श्री राम